लिबास के आये थे इस जहां में हम लोग बगैर कपड़े के आये थे इस दुनिया में हम लोग बस एक कफन की खातिर उस इंसान का रिस्क कभी नहीं बढ़ सकता जिसमें ये दो चीजें हों जिसमें ये दो आदतें आदतों एक तो ना करना आज मैं आप लोगों को बहुत मोटिवेशनल बातें बतलाऊंगा इसलिए वीडियो को लास्ट तक, तक जरूर देखे और हमारे चैनल के ऊपर सब्सक्राइब जरूर कर लें याद रखना जो गलती कर नहीं सकते वो फरिश्ता है जो गलती कर नहीं सकते वो फरिश्ता और जो गलती करके उस पर डट जाए वो शैतान है और जो गलती करके फौरन तौबा कर ले वो एक इंसान है और जो तौबा करके उस पर कायम रहे वो अल्लाह का महबूब बंदा है याद रखना फासले इंसान को जरूर दूर कर देते हैं मगर अच्छे लोग हमेशा याद रहते हैं दिलों में भी लफ्जों में भी और दुआओं में भी बात याद रखना एक बात याद रखना दुनिया की, सब की सबसे सस्ती चीज मशवरा है एडवाइस है दुनिया की सबसे सस्ती चीज मशवरा है एक से मांगो हजारों देते हैं और दुनिया की सबसे महंगी चीज मदद है हजारों से मांगो एक देता है बात याद रखना दुनिया का हर एक ताल्लुक गुलामी है दुनिया का हर एक ताल्लुक गुलामी है आप जितना ज्यादा तनहा है अकेले है अकेले रहते हैं उतना ही ज्यादा आप आजाद है बात याद रखना बगैर लिबास के आए थे इस जहां में हम लोग बगैर कपड़े के आए थे इस दुनिया में हम लोग बस एक कफन की खातिर इतना बड़ा हम लोगों को सफर करना पड़ा बात याद रखना मौलाना रूमी फरमाते हैं कि तुम्हारा बदतरीन दुश्मन तुम्हारे अंदर छिपा हुआ और वो दुश्मन है तुम्हारा बुग ये तुम्हारी झूठी अना बात याद रखना बर्दाश्त के कानों से सुनो रहम की आँखों से देखो और मोहब्बत की जबान से बात करो बात याद रखना मौलाना रूमी आगे फरमाते हैं जब भी आप अकेले हो तो अपने आप को याद दिलाएं कि खुदा ने बाकी सबको रुख्सत कर दिया ताकि वहा सिर्फ आप हो और वो हो मौलाना रूमी फरमाते हैं फूलों के खेतों में भटकने के लिए दिल से कांटों को निकालना जरूरी है फूलों के खेतों में भटकने के लिए दिल से कांटों को निकालना जरूरी है बात याद रखना मोनान रोमिया आगे फरमाते हैं जो चीज आपके पास नहीं आई उस पर गम न करें कुछ चीजें जो आप चाहते हैं पर नहीं आई वो आफात को आने से रोकती हैं मुसीबतों को आने से रोकती हैं बात याद रखना एक बात याद रखना आपका रास्ता अकेले का है दूसरे आपके साथ इस पर चल सकते हैं लेकिन आपके लिए इस पर कोई नहीं चलता बात बात याद रखना इल्म ये है कि आपको मालूम हो कि क्या कहना है इल्म ये है कि आपको मालूम हो कि क्या कहना और हमत यह है कि आपको मालूम हो कि कब कहाँ क्या कहना है बात याद रखना मारिफत का निशान ये है कि इसमें खामोशी बहुत हो मगर किसी वक्त बात करे तो जरूरत के मुताबिक करे एक बात याद रखना मौलाना रूमिया आगे फरमाते हैं इंसान का रिस्क नहीं बढ़ सकता उस इंसान का रिस्क कभी नहीं बढ़ सकता जिसमें ये दो चीजें हो तो जिसमें ये दो आदतें हो एक तो नाशक्ति करना दूसरा जिनाकारी करना एक बात याद रखना नेक लोगों की सहबत इख्तियार करो के नेक लोगों की सोहबत बड़ा असर रखती है बात याद रखना मौलाना रूमिया आगे फरमाते हैं कि पड़ोसी का हक इस कदर है जिस कदर वाले का हक है बात याद रखना मौलाना रूमी की हम नसीहत बतला रहे हैं तो आगे कहते हैं कि लोगों को जांचने का काम तुमने संभाल लिया लोगों को जांचने का काम तुमने संभाल लिया हालांकि आमाल का तौलने वाला तराजू तो कहीं और है बात याद रखना मौलाना रूमी फरमाते हैं सबक दरअसल ये है कि जो तकलीफ तुम्हे पहुँचे उस पर आहजारी ना करो बल्कि सबक करो बात याद रखना मौलाना रोमी फरमाते हैं मुआज बनना चाहते हो तो दूसरों की इज्जत करो क्योंकि ये काम मुआजत बंदा ही करता है और यही इंसानियत का कमाल है बात याद रखना गुस्सा और कानून मौलाना अबुल कलाम आजाद कहते हैं गुस्सा और कानून दोनों बड़े समझदार हैं दोनों बड़े समझदार हैं कमजोर को दबाते हैं और ताकतवर से दब जाते हैं बात याद रखना